ईद के सिलसिले में मैं रियासत तेलंगाना की आवाम को बात बताना ज़रूरी समझता हूं कि हमारे पास हम इस रियास तेलंगाना में रात में 9 बजे से कर्फ्यू है और मेरी कल तेलंगाना हुकूमत के वजीर दाखला जनाब महमूद अली साहब से बातचीत हुई फ़ोन पर और उन्होंने मुझे ये बताया है ईद की नमाज़ हुकूमत ईदगाह में अदा करने की इजाज़त इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि कोर्ट्स का फ़ैसला है कोर्ट की हिदायतें हैं किी इज्त पर पाबंदी है अवामी इजमात पर पाबंदी है इसलिए तेलंगाना हुकूमत अनब में फ़ैसला लेगी कि ईदगाह में जाकर वो अवाम अपनी की नमाज अदा ना करें बल्कि अपने महल्लों की मसाजिद में अदा करें मैं तो आपसे गुजारिश ये भी करूँगा किलमाओं से हमारे मुफ्ती साहब अनवार निज़ामी साहब यहां पर श्रीफ फरमा है जितने भी मोजिसमा कराम हैं वो इस बात का फ़ैसला लें कि क्या हम तेलंगाना में ईद की नमाज़ एक या दो जमात बना सकते इजाज़त है उसको अगर उसकी इजाज़त है कि एक मस्जिद में ईद की नमाज की दो या तीन जमातें हो सकें ताकि एक फजर के बाद जो वक्त शुरू होता है ईद ईदुल्फितर का तो आप उसी अपने महल की मस्जिद में दो तीन जमात बना लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखकर आप अपने अपने महल जात में अपनी ईद की नमाज़ को अदा करिए और ये हुकूमत मेरी नज़र में ये फ़ैसला सही है क्योंकि अगर लाखों की तादाद में अगर हम ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पर जमा होंगे तो यकीनन कोविड फैलने का पूरा का पूरा इसमें कोविड फैल सकता है ख़तरा नहीं है बल्कि यकीनन फैलेगा तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हुकूमत की तरफ से जब ये फैसले का ऐलान होगा तो तो्राम से मेरी गुजारिश है कि वह इस बात का फ़ैसला करें कि क्या मसाजिद में महलों की ईद की नमाज दो या तीन जमातें अगर हो सकती हैं तो उसका फैसला लें मगर आवाम से मेरी ये अपील है कि ईद की नमाजें में मस्जिद को जाएं सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखें अपने चेहरे पर मास्क लगाइए खुदा के लिए मास्क लगाइए और ये गले मिलने का काम मत करिए गले मिलेंगे प्यारे तो कोविड गले मिलनेंगा आपसे आ तो कोविड से गले मिलना नहीं है कोविड को दूर रखना है कोरोना को दूर रखना है अगर आप बगल गिर होंगे तो नहीं मालूम कि गैर ज़रूरी आप में अगर वायरस होगा तो एक सेहतमंद को लग जाएगा एक सेहतमंद को लग जाएगा इसीलिए दूर से जबान से मास्क पहनकर ईद की मुबारकबाद दीजिए और कोई ज़रूरी नहीं है कि घर को जाके मिलना नए अम्मा को मिलना है याद रखो अम्मा को जाके लपटेंगे खुदा ना कास्ता अम्मा को इन्फेक्शन हो गया तो जईीफ लोग इस वायरस की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादातर ज़यीफ़ हमारे माँ बाप में हमारे बुज़ुर्गों में उम्र के लिहाज से कुछ ना कुछ बीमारी होती है डायबिटिक होता है हार्ट की बीमारी होती है किडनी का होता है दूर से अम्मा को अगर हो सके तो फ़ोन करके सेलफ़ोन है स्मार्टफोन है वीडियो कॉल करो अम्मा को वालिद को अगर साथ रहते तो भी ज़रूरी नहीं है कि जाके अम्मा को लगते मेरे भाई ये एहतियात करने का वक्त है बहुत एहतियात करने का वक्त है सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए और मास्क लगाइए ईद को ज़रूर मनाएँ मगर क्या हम इसको रिवायती तौर पर जैसा ईद मनाते वैसा मनाए या खामोशी से मना लें तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों हमको ईद मनाना ज़रूरी है इनाम का दिन है वो मज़दूर को मजदूरी मिलने का दिन है मगर उसी वान उस और शौकत से अगर आप मनाएंगे तो एहतियात करिए क्योंकि याद रखिए कि हर चौथे पाँचवें घर में कोई बीमार है हर चौथे पाँचवें घर में किसी का इंतकाल हो चुका है आपके पड़ोस में किसी की मौत हो चुकी है यकीन ईद मनाइए मगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखिए क्योंकि हम अपने शहर में अपनी आबादी में रहते हैं और हमको कसरत से अल्लाह से दुआ करते रहना है कि अल्लाह सुबहाना उतारा हमको इस वबा से छुटकारा दिला दे और हमको एहतियाती तदाबीर को भी अख्तियार करना है अगर आप कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल नहीं अल्लाह दे अल्लाह रो कर देंगे मेरे भाई अल्लाह के रसूल सल अल्लाह वम की हदीसी शरीफ़ है रहमतमी सल्ला के पास एक शख्स आया जो अपने ऊंट को छोड़ के आ गया अल्लाह के रसूल सल्ला ने फरमाया कि तुमने अपने ऊंट को बांधा क्यों नहीं तो उस शख्स ने कहा रसूल सल्ला है ना अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऊंट को बांधो और फिर अल्लाह पर तोल करो तो, कर। तो हमको पूरे एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना है और दुआ करना है कसरत से दुआ करना है और अल्लाह सुहा के फैसलों पर तोल करना है